हमने कर से आज नए इन्फॉर्मेशन लेकर नए नोटिफिकेशन लेकर नए जॉब के डिटेल लेकर तो आज हम में बात करेंगे दोस्तों ई एस का रिजल्ट है जो कि डिक्लेयर कर दिया गया है उससे जुड़ी हुई बड़ी अपडेट है जो कि आप सभी तक शेयर करनी बहुत जरूरी है तो क्या है पूरी अपडेट जानने के लिए देखते रहें इस वीडियो को वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें कमेंट करें शेयर करें सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेलाइकन को दबाना ना भूलें इससे हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन वाले वीडियो आप सभी तक पहुँचते रहते हैं तो चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ वीडियो बहुत इन्जे में टचनिंग होने वाला है आप सभी के लिए और इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी यहाँ पे दोस्तों इसके अंदर आज आ, अपडेट है ई एस का रिजल्ट है जो कि डिक्लेयर कर दिया गया है ई एस रिजल्ट 2022 का नोटिफिकेशन है रिलीज़ किया गया है अभी अभी रिजल्ट है जो कि आया है ठीक है एंड एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ई की तरफ से ये नोटिस है जो कि आया है तो आई ग्रेड टू एल्फोटिक ई एस हॉस्पिटल डिस्पेंसरीज एलिजिबल कैंडिडेट अप्लाइड तो ये नोटिस है दोस्तों और ये 1120 वैकेंसीज़ के लिए यहाँ पर जो आपने फॉर्म भरा था इंश्योरेंस मेडिकल ऑफिसर के लिए ठीक है दोस्तों तो इसका रिज़ल्ट है जो कि डिक्लेयर कर दिया गया है सैलरी पे स्केल आपका यहाँ पर रहेगा छप्पन से लेकर एक लाख तक थी आपकी यहाँ पर सैलरी रहने वाली है ठीक है तो दोस्तों जॉब लोकेशन रहेगी आपकी ऑल ओवर द इंडिया के कहीं भी भी आपको लोकेशन दी जा सकती है लास्ट डेट रहेगी इकतीस जनवरी जो कि चली गई है यहां पे आपने फीस पे करी थी पाँच सौ और एस सी कैंडिडेट ने यहां पर ढाई सौ फ़ीस करी थी और एज लिमिट यहां पर 35 साल तक के कैंडिडेट ने यहाँ पर अप्लाई किया था ठीक है दोस्तों और ग्यारह वैकेंसीज के लिए ये जो एग्ज़ाम हुआ था इसका नोटिफिकेशन है रिलीज़ कर दिया गया है जो इसका रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर कर दिए गए क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर एमबीबीएस कैंडिडेट से मांगी गई थी तो जितने भी एमबीबीएस कैंडिडेट हैं उन्होंने यहाँ पर अप्लाई किया था ठीक है दोस्तों और आगे हम देखने वाले रिज़ल्ट आपका तो यहाँ पर आ चुका है जैसे कि आप सभी देख सकते हैं ईएसआईसी आईएमओ रिज़ल्ट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइड अठारह पाँच तो आज उन्नीस है अठारह तरीक को ये रिज़ल्ट जो कि है आ चुका है तो हम ये डाउनलोड करके आपको दिखाने वाले हैं ठीक है दोस्तों तो सभी कैंडिडेट का यहाँ पर रिजल्ट जो है डिक्लेयर कर दिया गया है जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं उन्होंने अप्लाई किया था और बहुत टाइम से जितने भी कैंडिडेट थे सभी इंतजार कर रहे थे कि किस कैंडिडेट का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है उनका नहीं हुआ है जिनका वो भी हम देखने वाले हैं तो जैसे कि आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ शॉर्ट कैंडिडेट फॉर पार्ट टू इंटरव्यू फॉर दी पोस्ट ऑफ आई ग्रेड टू आई ग्रेड टू का यहाँ पर आ, जो कि है ये पोस्ट है रिज़ल्ट है ड्लेर कर दिए गए हैं यहाँ पर जैसे कि आप सभी रोल नंबर देख सकते हैं ये ग्यारह डबल वन डबल वन जी ट्रिपल जीरो थ्री सेवन तो ये सीरीज़ है और 12015 ये वाली सीरीज़ भी है ठीक है दोस्तों तो जैसे कि देख सकते हैं आप बहुत सारे कैंडिडेट हैं यहाँ पर 17 पेजस पे ये जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर किया गया है ठीक है दोस्तों तो सभी कैंडिडेट यहाँ पर सिलेक्ट किए गए हैं जितने भी कैंडिडेट का यहाँ पर ये रोल नंबर है उन सभी को यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है तो उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन हमारी तरफ से और जितने भी कैंडिडेट का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है वो हमें कमेंट पर जरूर बताएं कि किस कैंडिडेट का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है और कितने मार्क्स पर हुआ है ठीक है उनके पास रिज़ल्ट जो है आ चुका है और सभी कैंडिडेट अपना जो रोल नंबर है इसमें फ़ाइंड करें हमें कमेंट पर आप ज़रूर बताएँ कि किस कैंडिडेट का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है किसका नहीं हुआ है कितनों का यहाँ पर नहीं हुआ किस वजह से नहीं हुआ तो वो भी हम देखने वाले हैं ठीक है दोस्तों और जिन कैंडिडेट का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन्स वो हमें पार्टी देंगे ठीक है दोस्तों तो सत्रह पेजिस का यहाँ पर ये जो रिज़ल्ट है डिक्लेयर किया गया है आप सभी के लिए और तो जितने भी कैंडिडेट ने यहाँ पर फॉर्म फिल किया था और एग्ज़ाम दिया था उनका जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया गया है तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी जो कि आप सभी तक शेयर करनी बहुत जरूरी थी वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ